चतरपुर में एक युवक को महिला को मास्क लगाना और खरीदने का दबाव बनाना महंगा पड़ गया महिला ने मास्क बेचने वाले युवक की जमकर खबर लेती और चप्पल से पिटाई कर दी युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है छतरपुर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं जिला अस्पताल के अंदर कुछ लोग मास्क बेचकर लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं पर जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मास्क बेचने वाले युवक ने महिला से मास्क लगाने के लिए कहा तो महिला भड़क गई और मास्क बेचने वाले युवक की चप्पल से पिटाई कर डाली जिसका वीडियो किसी ने बना लिया अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है संगीत की सोलहियों से